एक कपल जंगल में अपनी एनिवर्सरी स्पेंड करने के लिए आता है तभी जूल्स की डार्क साइड बाहर आ गई थी मूवी एक बहुत ही जबरदस्त सा टर्न लेती है और हमेशा हमारी सीट की एज पर रखती है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको व्हाट किप्स यू अलाव ये 2018 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके बारे में ज़्यादा बताना स्पॉयलर होगा तो डायरेक्टली एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जूल्स और जैकी इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो जैकी के जंगल के घर पर जाकर इसे उस करना चाहते थे ये तो को घर बहुत अच्छा लगता है अलग अलग चीजें करने का इन्होंने प्लान किया जूल जब घर देख रही थी तो अचानक से जैकी गायब हो जाती है वो हर जगह पर उसे ढूंढती है तो जैकी लेक के पास खड़ी थी जैकी ने कहा कि स्टॉम की वजह से बोट हाउस बर्बाद हो चुका है इसके बाद रात में हैंग कर रहे थे जैकी अपने गिटार पर गाना बजाना स्टार्ट कर दिया ये गाना बहुत ही डार्क था अपने अंदर के डेविल को बाहर निकाला जाए इसके लिरिक्स थे ये गाना जूल्स को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो जैकी के पास हो चली गई और ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं अचानक से इन्हें बाहर गाड़ी की आवाज़ आई जैकी डोर ओपन करने के लिए जा रही थी तो जूल्स उसे मना कर दिया पर जैकी ने जब डोर खोला तो उसकी फ्रेंड सारा थी सारा जैकी का नाम अलग ही लेती है जूल्स के लिए बात बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी सारा कहती कि मुझे पता नहीं था कि तुम वापस आ चुकी हो लास्ट ईयर हमारे घर पर चोरी हुई थी और इसी वजह से जब मैंने तुम्हारे घर पर लाइट देखा तो मैं चेक करने के लिए पहुँच गई जैकी जूल्स को सारा से इंट्रोड्यूस करा दिया और जूल्स को यह भी पता चला कि जैकी और सारा एक बचपन की फ्रेंड्स है सारा के जाने के बाद जूल्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी जैकी ने जूल्स को अपना रियल नेम बताया नहीं था तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए जैकी कहती कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ पर जूल्स इसके मूड में नहीं थी अगली सुबह जब जूल्स लेक के पास थी तो जैकी कहती है कि मेरे साथ चलो वो एक पुराने बोट निकालते और लेक पर गए जैकी ने कहा कि मैं मेरी पास्ट लाइफ पूरी तरीके से भुला देना चाहती थी मुझे पता भी नहीं था कि मैं लेस्बियन हूँ उसके पहले की मेमोरीज में, में नहीं चाहती उसने जूल्स को एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस दिया जिनमें उन दोनों की फोटो थी जूल्स ये देखती है और उसका गुस्सा ठंडा हो गया इसके बाद नेक्स्ट दिन में हम देखते कि दोनों टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे जूल्स ने बहुत बार शूट करने का ट्राई किया पर कभी भी उसे गन चलानी आती नहीं थी जब जैकी ट्राई करती है तो तीनों शॉट उसके सही लगते हैं उसने कहा कि हमारे फादर हमें हमेशा हंटिंग के लिए लेकर जाते थे एक बार मैंने एक बीयर को भी मार दिया था जब मैं उसके पास गई तो ज़िंदा था मैंने उसे फिर से गोली मारने की कोशिश की पर मेरी गन जाम हो गई थी उसे उस बियर को वैसे ही तड़पता देखना पड़ा था वो कभी भी इसे भूल नहीं सकती जाकी कहती है मेरे फादर हमेशा कहा करते थे हम उसी चीज़ों को मारते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं उसके बाद से जाकी हमेशा अपने पास नाइफ रखती है जैकी की ये जो अभी अभी डार्क साइड जूल्स को पता चली है ये उसके लिए बहुत ही वियड था सुबह जूल्स ठीक तो जैकी आसपास नहीं थी वो ग्रोसरी लेने के लिए टाउन में गई हुई थी इसका मैसेज जो जूल्स को छोड़कर जा दिया है जूल्स को लगता है कि शायद जैकी और सारा एक दूसरे को लाइक करते हैं सारा का घर लेक को क्रॉस कर कर ही था तो जूल्स डायरेक्टली बोर्ड पर वहाँ पर पहुँच जाती सारा ने उसे घर में अंदर बुलाया है। तब हमें पता चलता है सारा का एक हस्बेंड है जिसका नाम है डैनियल घर में जूल्स इनके बचपन की एक फोटो देखती है जिनमें तीन लड़कियां थी जूल्स ने तीसरी लड़की के बारे में सारा से पूछा तो सारा कहती कि उसकी डेथ हो गई थी जैकी ने कभी भी अपने थर्ड फ्रेंड के बारे में जूल्स को बताया नहीं था ये बात सारा को बहुत ही अजीब लगी वो कहती है हम दिनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थी जाते जाते जूल्स सारा और डैनियल को संडे पर डिनर के लिए इन्वाइट कर कर जाती है नेक्सिन में जूल्स और जैकी जब एक साथ थे तो जूल्स उस पर गुस्सा थी जैकी इसका रीज़न पूछते हैं तो जुल्स ने कहा कि तुम मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में तुमने मुझे बताया भी नहीं जैकी कहती कि इसके बारे में बात करना मेरे लिए हार्ड था वो जब छोटे थे तो हमेशा लेक में स्विमिंग की रेस लगाया करते थे एक दिन जब जैकी और उसके फ्रेंड ने रेस लगाई तो उसकी फ्रेंड पानी में डूब गई थी सबको लगा था कि जैकी ने जानबूझ अपने फ्रेंड को डुबा दिया पर जैकी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी मैं कभी भी ऐसा नहीं करती जूल से बात समझ लेती है और उसने उसे सहारा दिया इसके बाद दोनों एक क्लिफ पर आए जूल्स व्यू देख रही थी तो जैकी डायरेक्टली उसे धक्का दे देती है जूल्स नीचे खून से लथपथ पड़ी हुई थी जैकी घर पर आकर प्रैक्टिस करती है कि पुलिस वो क्या बात करेंगे। वो प्रिटेंड करने वाली थी कि जूल्स एक्सीडेंटली नीचे गिर गई इसके बाद वो जूल्स को देखने के लिए फिर से उसके पास आई पर जूल्स वहाँ पर नहीं थी जूल्स बहुत ही ज्यादा पेन में यहां से भागने की कोशिश कर रही थी उसके शोल्डर हाथ सब कुछ डिसलोकेट हो गया था तो स्लोली स्लोली इसे रिपेयर करने की वो कोशिश कर दिया है अचानक से जैकी का उसे ढूंढने का आवाज़ आ गया तो डर कर छुप जाती है जैकी प्रिटेंड कर कर बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई मुझे पता नहीं कि मैंने किया क्या प्लीज़ मुझे माफ कर दो चलो हम घर चलते उसका सारा नाटक जूल्स ने देख लिया क्योंकि जैकी अगले ही में नॉर्मल पर आ गई थी ये सब देख कर को बहुत ही बड़ा शौक लगता है इसके बाद रात हो गई फिर भी जैकी जूल्स को ढूंढी रही थी जैकी कहती कि मैं तुम्हें ढूंढी लूंगी इस जंगल को मुझसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता जूल्स बेचारी अपनी सास रोक कर वही छिपकर रहती है इनके एक दूसरे के साथ जो भी पल थे इन सब को याद कर रही थी अगली सुबह जैकी जूल्स को मारने के लिए रेडी हो गई उसने बेहोशी की दवाई अपने गन में निकाली उसे मारने के लिए चली जाती है पैरल में जूल्स को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी पर फिर भी इसे वो फाइट करती है स्लोली, स्लोली एक के पर यहाँ पर वाई फाई वगैरह कुछ भी नहीं था जुल्स ने फिर फर्स्ट एड किट निकाला और खुद को स्टिच कर दिया जैकी घर के पास आई तो समझ जाती की जुल्स घर के अंदर ही है ऊपर गई तो जुल्स का ब्लड उसने देखा वो जल्दी से बाहर आई तो जूल्स बोर्ड लेकर नदी पार करने की कोशिश कर रही थी वो बेचारी इंजोर्ड है तो जल्दी से भाग नहीं सकती जैकी भी बोर्ड लेकर उसके पास आ रही थी वो फाइनल उसके में और कहती सब कुछ ठीक हो जाएगा सिर्फ मैं जो कहती हूँ वैसा करती जाओ बोर्ड चलाते चलाते सारा के घर के पास आ गए थे डैनियल बाहर ही था तो उन्हें कहता है की क्या सब कुछ ठीक है जैकी जूल्स को वॉर्न कर दिया अगर तुमने कुछ भी कहा तो डेनियल और सारा दोनों को मार डालेगी जैकी ने डैनियल से कहा कि सब कुछ ठीक है हम जरा सिर्फ थक गए थे तो अब वापस जा रहे हैं कल संडे था तो डैनियल ने उसे याद करा कर दी जैकी ने कहा कि कल हम जरा बिजी है जुल्स मौके का फायदा उठा कर गए थे कि आज रात हम फ्री है तुम आ सकते हो अभी जैकी के लिए एक प्रॉब्लम बन गई थी वो जुल्स को घर लेकर आए उसे नहला दिया उसके सारे वो कवर अप कर दिया जुल्स पूछती कि क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था जैकी ने कहा कि सब कुछ सिर्फ मैं पॉलिसी के पैसों के लिए कर रही हूँ शादी के तुरंत बाद जैकी ने एक्सीडेंटल डेथ के एक बहुत बड़ी पॉलिसी निकाल ली थी जैकी ने फिर से जुल्स को वॉर्न किया कि अगर तुमने सारा को कुछ भी बताया तो मैं उन दोनों को मार डालूंगी रात में जब उन दोनों का आने का वेट कर रहे थे तो जुल्स कहती है तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी तुम्हें हेल्प करूँगी अगर तुम चाहो तो इन सबसे हम बहुत दूर जा सकते हैं जैकी समझ गई कि जुल्स सिर्फ उसे मैनुपलेट करने की कोशिश कर रही है उसके जाल में वो नहीं फंसती इसके बाद सारा और डैनियल घर पर आ गए डिनर पर सारा जूल से पूछती है तुम्हें कब पता चला था कि तुम जैकी से प्यार करते हो जूल्स ने कहा कि मेरे लिए प्यार स्लो हुआ था स्लोली स्लोली मैं जैकी को जानती गई उसकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया था जब आप शादी करते हो तो एक चांस लेते हो और होप करते हो कि आपको सब कुछ अच्छा ही मिले मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे जैकी जैसी वाइफ मिली सारा और डैनियल को कुछ भी बियड नहीं लगता म्यूजिक वगैरह लगा ये ड्रिंक कर रहे थे डैनियल जैकी से कहता है कि सारा को लगता है कि तुम जरा अजीब हो इसी के बैरल में जूल्स जब सारा के साथ थे तो सब कुछ उसने उसे बता दिया सारा जोर से डैनियल को चिल्ला कर कह दिया कि जैकी से दूर हो जाओ सारा समझ गई और तुरंत वो डैनियल का गला काट देती है जैकी फिर अंदर आकर सारा के पीछे भागी वो उसे भी मार डालती है वो नीचे जूल्स के पास आए उसने कहा कि मैं कितने भी लोगों को मारू मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ये सब तुम्हारी गलती है इसके बाद उसने सारा के सामने इन दोनों की बॉडीज को काट डाला उसने लेक का सर्वे किया था यह बहुत ही डीप था तो जाकर ये बॉडी उसमें डुबा कर आते क्लीनिंग जैकी ने जूल्स को करने के लिए के। जूल्स समझ नहीं पा रही थी क्यूँ है उसे पूछती है ये सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ उन्होंने घर से सारे सबूत मिटा दिया जूल्स को जैकी बांध कर उसी के पास सो जाती है जूल्स ने हे निकलने की बहुत कोशिश की और फाइनली वो निकल जाती है पास का चाकू उसने लिया और जैकी को मार डाल दिया पर ये सिर्फ एक उसका सपना था एक्चुअल में इस हैंड से वो निकल नहीं पाई थी अगली सुबह वो जूल्स को खाना वगैरह सब कुछ दे दिया उसका प्लान था कि जूल्स जब ठीक हो जाएगी तो फिर से माउंटेन के पास जाकर उसे धक्का दे देगी इसे सबको लगेगा कि यह एक्सीडेंट था और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा जैकी जब अलग रूम में थी तो जूल्स ने एक डिब्बी देखी जैसा नेकलेस जैकी ने जूल्स को गिफ्ट किया था वैसे बहुत सारे नेकलेस यहाँ पर पड़े हुए थे इसका मतलब है जूल्स के साथ जैकी ने जो किया था ये बहुत बार वो कर चुकी है वो एक सीरियल किलर है और सब कुछ वो पैसों के लिए कर दिया है जैकी जूल्स को फिर से वुड्स में लेकर जा रही थी तो जूल्स उससे बात करती है और डिस्ट्रैक्ट कर देती है उसने जैकी का एक बेहोशी का डार्ट चुरा लिया था उसके गले में डाल देती है वो तो जैकी भी उसका पीछा करती है भागते भागते जूल्स फिर से उसी माउंटन पर आए जैकी ने कहा कि अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते उसके पास आ रही थी तभी बेहोश होकर नीचे गिर गई जुल्स ने उसका चाकू ले लिया उसे मारना चाहती थी पर ये कर नहीं सकती जुल्स बहुत आगे आ जाती है वो जब फिर से जैकी को बचाने के लिए गई तो जैकी वहाँ पर थी नहीं वो फिर जल्दी से घर पर आई एक गन निकालती है और ज़ोर से उसने स्टूरियो लगाया और तो उसने जैकी को मारने का डिसाइड कर लिया था उसके वापस आने का वेट करती है वो रात में घर पर आए तो जुल्स ने बहुत ही चालाकी से पीछे से उस पर गन लगाई जैकी ने कहा कि तुम उस गन से मुझे मार नहीं सकती वो एक बहुत ही पुरानी गन है तुम उसे चलाओगे तो तुम्हारे हाथ में वो फट जाएगी तुम एक किलर नहीं हो जूल जैकी पर गोली चलाती है पर वो बच गए। इन दोनों में बहुत फाइट हुई फाइनली जैकी ने जुल्स को बेहोश कर दिया था उसे घसीटते घसीटते फिर से हिल पर लेकर आए। ऊपर से उसे फिर से नीचे गिरा देती है घर पर आने के बाद जैकी ने पुलिस को कॉल किया जैकी को डायबिटीज की बीमारी थी और बहुत टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था तो इंसुलिन की ओर शॉर्ट लेती है पास में लैपटॉप ओपन पड़ा था जैकी को उसमें जुल्स की एक वीडियो देख दिया है जुल्स ने कहा कि अगर तुम इसे देख रही हो तो शायद मैं मर चुकी हूँ अब स्लोली स्लोली तुम्हें सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे मैंने तुम्हारी इंसुलिन की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें मिला दिया था तुम्हारा ब्लड अब क्लॉट करने लग जाएगा जैसे ही वो तुम्हारी दिमाग तक पहुँचेगा वैसे तुम्हारी डेथ हो जाएगी जैकी जल्दी से भागने लग गए वो किसी की हेल्प ले पाती इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद हम जुल्स को फिर से खून से लत देखते हैं वो थोड़ा भी मूव कर नहीं रही थी मूवी के लास्ट मोमेंट पर हमें उसकी सांस लेने की आवाज़ आती है इसका मतलब है वो अब भी जिंदा है उसने फाइनली जाके से बदला भी ले लिया है वो एक फाइटर थी और एक बॉलीवुड मूवी की हीरो की तरह जल्दी से मरने वालों में से नहीं थी इसी के साथ ही मूवी एंड कर दिया अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन देने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए